और कपालभा

चल रहा है साथ साथ कपाल भाती भी साथ साथ चल रहा है एक भजन के साथ

भी रुकना नहीं। मैंने एक सूत्र दे रखा शत सहस्र साधना क्या है सूत्र बोलो शत सहस्र साधना

hm <laughs>

सुतरा

का दिजार दिजार दिजार दिजार दिजार दिजार। <laughs> और मन ही मनोकार का ध्यान। एक अनुष्ठान

सीधे रेट के मरकटा आता है

फाइनल और जो मैं कर रहा हूँ योगा फॉर ऑल योगा फॉर ऑल फ्री फॉर ऑल की पवर बुद्धा योग की जी एक छोटा सा बदन

सकते हैं। नहीं हो, तो तो तो हो जाएगा

गा ये झुकना है

काम चला इतना तो हो गया मन सेन्द्र

А красанцев девай вкрас

जय श्री <laughs> <laughs>

हनुमान जी भी, है। जी भी है। <स्वारे> कि <त्वारे> हैं कितने <स्वारे> प्रकार <की थाधीड़ा> के संत है

में में ज्ञान कुछ कुछ कुछ केवल केवल hmm. केवल अष्टांग योग योग आठ योग, योग भक्ति योग कर्म योग साधन योग समाधि योग विभूत योग कैवल्य योग प्रतिप्रसव योग गुणातीत योग कुछ केवल भावातीत योग <laughs>

एक तो तो ले करके लगे इसकी निंदा भी नहीं कर कोई एक तत्व तो प्रधान हो, तो तो तो हो सकता है लेकिन उसके साथ सहयोगी तत्व उसकी अवहेलना ठीक है प्रधान तत्व आपका भक्ति योग्य हो सकता है ज्ञान योग योग हो सकता है तो पतंजलि योग पीठ का भी जो तो प्रधान तत्व

योग समाध योग समाधि योग, साधन योग विपोध योग कैवल्य योग प्रत्यक्ष योग गुणातीत भावातीत योग सब हम साथ में लेकर के

kindly

के काम करने लग गए भगवान शिव का नाम लेकर के देखे। देखे। का नाम लेकर के दारू पीने लग गए का नाम लेकर के

ज्ञान अनंत संवेदनाओं अनंत सामर्थ्य से विद्या विभूति ऐश्वर्य से ऊर्जा से आपका रखता है

करना है कि बच्चों से लेकर के जवानों से लेकर के बुजुर्गो तक कर योग, करें, योग करेंगे फिर जीवन में करेंगे शांत जो योग धर्म पर चलेगा वो अपने स्वधर्म का वो वेद धर्म का वो अपने पति धर्म का पति धर्म का मातृ धर्म का संपत्ति धर्म का परिवार धर्म का

वो अपने सनातन धर्म का वेद धर्म का सेवा धर्म का कर्तव्य धर्म का राष्ट्र धर्म का कृषि धर्म का जो कर रहे हैं वो जो हमारा कर्म है वही हमारा धर्म है जो योग धर्म में प्रवृत्त हो जाएगा जो योग

shop

अम्मा है है कर सबका सब मजा उड़ाता था उड़ा नहीं मऊ गुना करते हुए आज

जय श्री राम हाल चाल अरे यार रजिस्टर रजिस्टर कि जरूरी है रजिस्टर जरूरी है? रजिस्टर जरूरी है। की मैं जी कह कोई जरूरी नहीं बोला जरूरी हो तो लिए जाओ ना जरूरी हो तो तो बोलो हो गया ठीक है रखो छुम पे हाँ हो गया तो लिख लिए है वो

हाँ। गुरु के के आशीषों से अपने आप को को ये तो बहुत बड़ा काम किया है। और इन के साथ साथ का बोल देते हैं आएगा। ए? वो कभी ना भाई पैकेट दलिया ले

मैं देख रहा था अभी आ रहा था ना तो मैं सोचा पतंजलि की अज्जू भैया कोई नहीं खुला था नहीं मैं देखा कि दोनों क्योंकि मैं सोनी से निकला दुआ में मेरे आज लेट जा रहा हूँ तो देख लेता हूँ आज लिए जा रहा हूँ गलिया तो दोनों बंद थी सुगरी, सुगरी, सुगरी। मैं आज ले आता मैं तो क्या ऐसा टाइम था नुकसान करता

मजाक कर रहा था काम मैं आप लोग <coughs> आप लोग सब पहले जा रहे हो यहाँ बता रहा हूँ कि नुकसान करेगी वो तो बारह बजे के बाद खाना खाने के बाद प्रभु लेते सन तो भैया कान देख ऊपर ल <coughs>

जी दीपक या तो दलिया या फिर वो नमक नमक वाला वाला जो बनता है नमक बड़ बड़ वाला। वो बहुत अच्छा होता है अरे ओम भैया अरे आपको याद कर रहे हैं यहाँ पे सब कोई बोल रहे

साहु जी नहीं आए सुखी थोड़ी वलिया ले आते तो दलिया दलिया दलिया खिला खिला देते खिला देते हैं आज, आज बोल रहे हाँ तो सर्दी जुकाम रोज अब भी पेड़ लिया सकारे सकारे <laughs> मैं सवाल उतरा तुम्हें तो है दवाई ले आ <laughs>

एक पैकेट सुनो सुनो एक एक एक पैकेट पैकेट पैकेट मिक्स मिक्स वाली या। या मिक्स वाली दलिया दलिया बात और नमक वाला ओट्स लेके आ जाओ स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा सही कर

दीपक खत्म होता है

राहुल नहुलग्रीम गुण भैया सुग्रीम एक लाया था सुग्रीम भैया

शांति सफलता और विजय के द्वार खुल जाते इतना बड़ा असर है एक योगा <laughs> और इसका लाइव एकदम पर है पंडित जी योगा हम योग पर बात करेंगे पहला टॉपिक ये करेंगे आज का बदलाव

लेकर के आगे बढ़े वेदों को लेकर के वैदिक संस्कृति सनातन संस्कृति को लेकर के के आगे को के आगे, को लेकर आज लोग का आयुर्वेद का और सनातन संस्कृति का विश्व में जो गौरव बढ़ा है उसमें सबसे बड़ा योगदान पतंजलि योग पीठ का और सबके सामूहिक पुरुषार्थ

शो में आज योग की प्रदर्शनी चल रही है सारी दुनिया लोग मैं ट्राई करूंगा 16 का क्लास लेके चला जाता है सनातन धर्म जरा यहां पर वो सिखाता हूं तो और मैंने कहा ना एक ही लोग आपके जीवन में

भी तो होगा हो और जीवन का नहीं तो आप साइलेंट रहेगा ना बताएगा तुम मैं बता रहा

बस्ती का करवा से से से अब की आपकी लोगों बड़े-बड़े गया जाता है मेरा भी नहीं जा रहा था ना तो तो मेरे भी हुआ कुछ

अच्छा काम करते करती है लिंक लिंक हो हो तो गया तो तो ना ना ना तो मोबाइल क्या से है ये

ठीक है तो जब तक मुसीबत बना रहा है

ऐसी तो बातें नहीं मोहल्ला ला आप बराबर आओ आप, आप भगवान अगर भगवान थोड़ा सा देखोगे

कहा चल जाए आप नुकसान नहीं करे वही पढ़ा कर

काम का के है हो एक योग से से अनंत द्वार नहीं नहीं आज मैं <laughs> <जोगे तुणती। laughs> <सवारी>

तो था में लेकिन दुकान ही बंद होगी अजीत नहीं अभी एक समय जल्दी खुल जाती थी, थी।, है थी लगा नहीं, मैं। तो

wah tha thi naraya mai tumko kahi bhuli nahi he tha thi naraya mai tumko kahi bhuli nahi he tha thi naraya mai tumko kahi bhuli nahi nya thi tumko kahi bhuli nahi gayo ta re

से खा क्या? गया से निकल तो फट गया भैया फट गया लेना होती है

कर आता है तो अरे वो आप आप करते नहीं तो तो और होटक का लेना ऐसे करते रहो दस जी

जाएगी सिलाई लिख के रख लो आप दस दिन का लो लगातार <laughs> <laughs> <वादना था। laughs>

ये ये तरीके तरीका तो स्वामी जी के पास भी जाना चाहिए hmm? स्वामी जी के पास भी जाना चाहिए कौन सा पतंजलि ले भी तरीका दवाई जाना चाहिए डॉक्टर दोनों जी नाम आए चल जाए दवाई डाले करो

You know what I mean.

मैं रूप से कहा खतुआ दर्ज कल बनेगी कल

खिचड़ी बनाई दीपक मैं चावल की। तो कहां है। तो मिलेगा में मिल जाएगा। मतलब मैं मैं चावल चावल। चावल और ठीक है ना। ना कुछ नहीं नमक, थोड़ा थोड़ा ना। कब खाएगा

चावल दोनों एक किलो गुड़ भाजी एक मस्त हो जाएगी तो एक किलो गुड़ लग जाएगा बस

ठंडा मक वाला मजा आ जाए तो कल लाते कल कहा संतोष भैया हो आऊंगा

मेरे से मकानी की बोली है

lo mm -hmm.

मृत्युर्मा गमय सुखि सर्वे भवन्तु निराम सर्वे सर्वे भद्रा पश्यंत माँ कचिदी

शांति अंतरिक्ष गुण शांति पृथ्वी शांतिराप शांति रोशनिया शांति सामना शांति रेदी ओम शांति शांति शांति